हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएम स्टडी में चलिए ये तीसरा क्लास है लगातार मैं आप लोग के साथ बना रहा हूँ और लगातार वीडियो डाला जा रहा है यूपीटेट के मैथ को तो तीसरा क्लास और इस तीसरे क्लास में मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ वर्गों के योग पर प्रश्न ठीक है ये स्टार्ट करने वाले हैं वर्गों के योग पर प्रश्न ये हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा ठीक है ना पहला टॉपिक मैं खत्म कर दिया दूसरे क्लास में और ये रहेगा के ऊपर प्रश्न जिस पर चार टॉपिक पांच टॉपिक बने हैं, तो जैसे मैं पांच टॉपिक पर लिख दे रहा हूं उसके बाद बारी बारी से उसको मैं करूंगा तो ये पहला टॉपिक है पहला टॉपिक है कि जब श्रृंखला एक से लगातार जब श्रृंखला जब श्रृंखला एक से लगातार ये हम कवर करेंगे पहले टॉपिक को ठीक और दूसरा क्या रहेगा बी टॉपिक क्या रहेगा आपका इसमें हम लोग पढ़ेंगे श्रृंखला जब श्रृंखला हमारी क्या रहेगी बीच से लगातार हो जब श्रृंखला हमारी बीच से लगातार हो जब श्रृंखला बीच से लगातार हो ठीक एक तो एक से लगातार होगा तो और एक बीच से लगातार होगा तो ठीक और तीसरा हमारा बनेगा कि सम विषम श्रृंखला ठीक है क्या बनेगा सम विषम श्रृंखला सबको एक एक करके कवर किया जाएगा और चौथे नंबर पर हमारा बनेगा एकांतर श्रृंखला एकांतर श्रृंखला ठीक है पांचवे नंबर पर हम देखेंगे ये बहुत ये ही इंपॉर्टेंट यही वेरी वेरी इंपोर्टेंट इसको लिख लीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूपीटेट में से स्टेट में और अधिक किसी में से पूछा जाता है तो शर्त पर आधारित प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है शर्त पर आधारित प्रश्न ठीक है ये हमारे चार टॉपिक के पांच टॉपिक रहेंगे कि जब वर्गो के योग पर आधारित प्रश्न रहेंगे तो पांच टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे जब श्रृंखला एक से लगातार हो दूसरा पढ़ेंगे एक, एक, मतलब एक दो तीन ऐसे करके इसका वर्ग इसका वर्ग तीन का वर्ग और ये चार का वर्ग इसी तरह बढ़ता रहता है तो इस प्रकार की श्रंखला रहेंगे तो हम लोग उसको कवर करेंगे पहले टॉपिक सेकेंड टॉपिक में कवर करने वाले हैं कि जब श्रृंखला बीच से लगातार हो बीच से मतलब कहीं दस उठा दिया तीन का स्क्वायर चार का स्क्वायर इस तरह श्रृंखला दो का वर्ग चार का वर्ग पांच का वर्ग पांच का छह का वर्ग समसंख्या का वर्ग अगर रहेगा श्रृंखला में तो उसको इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे और विषम जैसे मान लीजिए विषम हो गया है उसके बाद एक अंतर श्रृंखला को कवर करेंगे उसके बाद शर्त पर आधारित प्रश्न को हम कवर करने वाले हैं तो चलते हैं इस तो वीडियो के माध्यम से आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पहले से स्टार्ट कर रहा हूं ठीक है ठीक है ये हमने दूसरा जो लिया है टॉपिक ठीक है मैथमेटिक्स का इसको देखेंगे कि जब श्रृंखला एक से लगातार हो है ना इस कंडीशन के हम प्रश्न को देखने वाले हैं इस कंडीशन के प्रश्नों को देखने वाले हैं कि जब श्रृंखला एक से लगातार हो ठीक है के योग पर कंडीशन हम लोग चार पांच कंडीशन हमने लागू किया ये कंडीशन है इस कंडीशन में हमारा क्या है कि जब श्रृंखला एक से लगातार हो ठीक चलिए इसमें मैं एक प्रश्न लिखता हूं मैं इसमें प्रश्न के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से ना समझ में आए तो तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा ठीक है थी? तो पहला प्रश्न लिया जाता है इसमें का प्रथम पच्चीस प्रथम पच्चीस क्रमागत प्रथम पच्चीस क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग वर्गों का योग बताइए देखिए कोशिश करिए आप लोग इस क्वेश्चन को कोशिश लगाने का इस प्रश्न को लगाने का कोशिश करिए कह कह रहा है क्या? कह रहा है है है क्या ना आपसे कि प्रथम क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं की वर्गों का योग बताइए ठीक है इसके लिए पहले हम लोग कंडीशन पहले लिख लेते हैं इसके लिए सवाल इस लगाने के लिए पहले हम लोग इस कंडीशन को लिख लेते हैं कि प्रथम देखिएगा कंडीशन क्या है कि प्रथम यमागत प्रथम यम क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग पूछे अगर प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग अगर आपसे पूछता है वर्गों का योग इसका हम सिंपल सा फार्मूले के रूप में लिख लेंगे कि यन यन प्लस वन और फिर यन प्लस वन और फिर यान टू यन प्लस वन बटे में कितना लिख लेंगे तो बटे में हम लोग लिखेंगे बटे में क्या लिखेंगे जब इस प्रकार के प्रश्न बने तो इस प्रकार के प्रश्न बने तो इस कंडीशन को लागू करके उस प्रकार के प्रश्न को हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे क्या प्रथम यन क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गो का योग अगर पूछे यन क्रमागत यन क्रमागत बारी बारी से आने वाले इस कंडीशन को लागू करके और ऐसे प्रकार के सवालों को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे ठीक प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए क्या कर रहा है प्रथम पच्चीस क्रमागत यानी इसका योग पूछ रहा है कि प्रथम पच्चीस यानी कि एक से स्टार्ट होगा एक का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर डाट करके और प्लस कितने 25 अब इतने का स्क्वायर पच्चीस का स्क्वायर दो तीन पॉइंट यहाँ तक रहता तो खूब आसान से हम क्या करते हैं इस कवर करके जोड़ कर निकाल लेते हैं अब पच्चीस तक है तो इसको निकालने के लिए हमारा यही कंडीशन लागू होने वाला है ठीक अच्छा ये कंडीशन लागू होने वाला है तो इस कंडीशन के अनुसार यहाँ पर कैसे हम मानेंगे यंग जो संख्या है जो हमारी लास्ट में जितनी बार पूछता है उस को मानते हैं तो पर कितना हो जाएगा पच्चीस मतलब कितनी थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम है इसको थोड़ा सा अडजस्ट कर लीजिएगा ठीक है अब इसके बाद इस पर अगर हम हल करें का रखें, हो जाएगा 25, और यह पच्चीस प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा टू इंटू पच्चीस प्लस वन और बटे में 6. अगर इसको हम हल करते हैं देखिएगा कितना आएगा 25 तो यहाँ पर आगे करेगा 25 से 26 हो जाएगा 25 तो 50 से एक इक्यावन हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 6. अच्छा. अब जरा इसको काटिएगा हम्म इसको इसको करिएगा करिएगा पूरे का पूरा करके अगर काटिएगा तो आप आप हल हल बहुत सिंपल लोग कर सकते हैं काट के ये आपका ठीक है ये आपका आएगा पचपन पचीस देखिए इस प्रकार के जब भी सवाल बनेंगे तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मुले का यूज करेंगे और आराम से हल कर लेंगे किसका जब श्रृंखला एक से लगातार हो ठीक है इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं ठीक है ना इसी प्रकार एक और क्वेश्चन को लेते हैं इसको आप लोग इसकी शॉर्ट ले लीजिए देखिएगा थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा मिटा देते हैं है इसको आप कर लेते हैं जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इस पूरे को मिटा देते हैं दूसरा हम अगर बात करें प्रश्न की हैं, तो पहले कंडीशन का तो तो इसी तरह लगातार लगातार आता रहेगा तो कर लेंगे अब हम चलिए इस पर हम बात करते हैं दूसरे कंडीशन की छोड़िए इसको अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन की ठीक है दूसरे कंडीशन तो बी कंडीशन क्या था इस कंडीशन की बात करते हैं ये क्या था कि श्रृंखला बीच से लगातार हो श्रृंखला क्या हो श्रृंखला बीच से लगातार हो यही कंडीशन था ना कि जब श्रृंखला बीच से लगातार हो तो क्या होता है तो मैं इसको मैं कोशिश करूंगा प्रश्न के माध्यम से समझाने की तो इस पर प्रश्न नंबर एक लेते हैं इस पर प्रश्न हम उठाते हैं बीच से लगातार हो मतलब सोलह सौ उठ जाएगा पंद्रह सो हो जाएगा सत्रह सौ हो जाएगा मान लीजिए बीस से हो जाएगा इकतालीस हो जाएगा पचास हो जाएगा इस प्रकार से करके यहाँ पर उठेगा तो हम एक प्रश्न उठाते हैं कि बहुत गौर से समझिएगा और समझ गया तो कोई दिक्कत नहीं है सोलह का स्क्वायर सत्रह का स्क्वायर प्लस अठारह का भी स्क्वायर लेते हैं प्लस डाट, डाट डाट डाट करके कहा तक ले इसको मान लेते हैं ना प्लस तीस का स्क्वायर इसका अगर मान पूछें, हैं? अगर इसका मान पूछे तो आप कैसे लगाएंगे गौर करिएगा ऐसे अगर आपको सवाल दे दे और पूछे कि बताइए कितना कैसे इसमें लगेगा है तो कैसे लगाएंगे देखिएगा, करिएगा क्या पहले तो पूरा श्रंखला को ओके करिएगा मतलब एक का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर डाट डाट डाट करके डा, डा, डा, डा, डा, कितने तब तीस का स्क्वायर ठीक है है है का बीच से से उठाया गया तो हम लेकर के पहले मतलब कहने का कि ये पूरी पूरी हमारी रेखा केवल मान बताइए केवल ए सी का मान बताइए क्या करेंगे बीसी कर तो आपका आ जाएगा कि कितना एसी आ जाएगा ना तो एक से तीस तक जब हम लिए इसको, तो एक से तक निकाल लेंगे और माइनस कर देते हैं कितना एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस डाट डाट डाट डाट कितना हो रहा है सोलह हो रहा है ना तो सोलह यानी कि पंद्रह हम घटा देंगे पंद्रह तक ले जाकर के तो क्या हमारा आ जाएगा सोलह से तीस के बीच में न बिल्कुल बोलिए कमेंट में बोलिएगा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आ जाएगा अच्छा अब इसका अगर हम निकालते हैं इसका वर्ग मतलब कि वर्गों का योग तो क्या निकलेगा फार्मूला क्या है वर्गों का योग का पहले एक एक कर इसका निकाल के इसका निकाल के फिर घटा लेते हैं इसका अगर निकालेंगे तो यहाँ पर यहां पर हो जाएगा तीस अच्छा फार्मूले पर जब रखेंगे तो यन का मान कितना हो जा रहा है तीस अगर फॉर्मूले पर रख रहे हैं तो तीस क्योंकि प्लस कितना वन और बटे में छ यहाँ पे हो जाएगा 30 गुड़े इकतीस हो जाएगा और ये हो जाएगा तीस दूर के साठ साठ कितना हो जाएगा साथ। साथ बटे में छ बाकी गुड़ा करिएगा पांचे कम पांच पांच यही पंद्रह और गुड़े इकसठ अगर इसको आप गुड़ा अगर कर लेंगे तो आपका आ जाएगा कितना यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा यहां पर अच्छा इसको अगर हल कर लिए आप तो एक सौ पचपन और एकसठ गुड़ा करेंगे तो आपका आ एक तो आप जाएगा आपका आ जाएगा ये पचपन और इसमें गुड़ा करेंगे तो बयासी और पंद्रह आ जाएगा ठीक है ये फॉर्मुले पर रखेंगे और पंद्रह पंद्रह कितना हो जाएगा सोलह अच्छा पंद्रह पंद्रह कितना इकतीस और बटन कितना है छ है अच्छा, पंद्रा, पंद्रा, ना तो अगर छ है तो अगर इसको काट पीट कर अगर हम बात करते हैं हैं बोलिएगा पंद्रह सोलह इकतीस अगर हम इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा बोलिए दो अठे सोलह तीन पांच एक पंद्रह आप पांच इसे करेंगे तो चालीस और गुड़े में कितना आ जाएगा इकतीस अच्छा इसका अगर बुरा करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका बुरा करिए इकतीस और चालीस है तो चार का बुरा कर लीजिए एक जीरो बढ़ा दीजिए चार एक बारह यानी कितना बारह सौ चालीस आ जाएगा अब बात हो रहा है घटाने की तो पूरे का जब मान निकालेंगे यहाँ पर हो जाएगा बयासी और ये पंद्रह और माइनस में कितना बारह सौ चालीस अगर माइनस कर दिया जाए तो कितना बच जाएगा ये पाँच है और ये पाँच जीरो में से घटेंगे तो पाँच ही बचेगा एक है तो एक से इधर जाएगा ग्यारह में से चार गया कितना हो जाएगा सत्रह सात हो जाएगा ना सात बचेगा तो कुल मिला करके ये आपका ये आपका आ जाएगा कितना यहाँ पर थोड़ा सा रंग हो रहा है ये आपका कितना है चौरानवे पचपन ये आएगा ये गलत हो जाएगा ये आपका चौरानवे और पचपन आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा चौरानबे और पचपन माइनस करिएगा पूरा माइनस आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका इसके बराबर बयासी और पंद्रह के बराबर ये आपका आ जाएगा बयासी और पंद्रह के बराबर ये आपका आंसर आ जाएगा एक बार और ध्यान से देखिएगा ताकि कंडीशन में अगला चेंज करूं। इस प्रकार के अगर सवाल दिए रहेंगे बीच में से उठा करके प्लस करके बोले कि वर्गों का योग बताइए तो करेंगे क्या पहले तो शुरू से लेकर के जितना दिया रहेगा उतना तक का पहले करेंगे फिर उसमें से घटा देंगे कितना उससे पीछे सोलह तक दिया है तो पंद्रह तक घटा देंगे इसको वर्गो का इसका मान निकालेंगे इसका मान निकाल के दोनों को घटा देंगे आंसर हमारा क्या आ जाएगा इसको स्क्रीन ले लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं लिए होंगे मिटा देते हैं तो, पर, तो अगला कंडीशन लिया जाए सी का ठीक मिनट हाँ, ले लेते हैं कंडीशन सी अच्छा सी क्या कह रहा था सम विषम क्या कह रहा था सम विषम ध्यान समझिएगा बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा अगर बने रहे हमारे साथ तो है ना इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करिएगा है ना तो चलिएगा तो आग... बने रहिएगा और इसको प्रश्न के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा ठीक है प्रश्न के माध्यम से सम और विषम वाले का समझाने की कोशिश मैं ठीक ठीक है? है? तो इसको अगले टॉपिक में ही रहने देते हैं क्योंकि लंबे वीडियो हो जाएंगे तो दिक्कत भी आएगा और प्लस अभी थोड़ा सा कुछ काम है इसके लिए चाहूंगा कि अगले वीडियो में इसको देखा जाए ठीक है चलिए धन्यवाद